हम सभी को जिंदगी में एक खुश और एक कामयाब इंसान बनना है लेकिन इस रास्ते पर बहुत सी अड़चनें रहती है जो हमें पीछे रखती है साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कोई भी इंसान आज तक अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है तो ये हमें ये बताता है कि जिंदगी में हम कितना कुछ कर सकते हैं बट फिर भी अपने आप को अच्छा करने से रोकते हैं तो आज इस वीडियो में हम छह ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो साइंटिफिकली आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप ये आदतों के बारे में जानें और जितना जल्दी हो सके उनमें सुधार लाएं ताकि आपको खुश रहने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाए तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए ताकि मैं ऐसे ही नए वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको पता चल सके तो चलिए शुरू करते हैं नंबर वन खुद को कोसना बंद कीजिए तो बहुत से लोग हैं जो बात बात में अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया मैं ऐसा क्यों हूं मेरे से एक भी काम ठीक से नहीं होता मैं ये नहीं कर सकता एक्सेट्रा हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि दुनिया में अगर कोई है जो हमें नीचा फील करा सकता है तो वो हम खुद हैं हम ही कॉन्स्टेंटली अपने आप को कोसते हुए नीचा फील कराते रहते हैं और इससे ये होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस और आत्मशक्ति खत्म होने लगती है और अगर हम ही अपने आप पर यकीन नहीं कर पाए तो और कोई भी नहीं कर पाएगा तो इसीलिए हमें हर हाल में अपने आप को कोसना बंद करना चाहिए और उसकी जगह मोटिवेट करना शुरू करना चाहिए नंबर टू खुद प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑन योर गोल्स तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है काम को टालना आज के काम को कल पे डालना और कल के काम को परसों पे। दुनिया में अगर किसी चीज ने लोगों के सबसे ज्यादा सपने तोड़े हैं तो वो है जो काम हम, जिसके लिए हम रहेंगे, कभी आता नहीं है और सिर्फ स्ट्रेस बिल्ड होते रहता है जो हमें काम स्टार्ट करने से और भी डराता है एक बार हमने बस काम शुरू कर दिया चाहे कैसे भी तो हमें उतना मोमेंटम मिल जाता है की हम काम को बस खत्म कर सके तो याद रखिए अगर आपको चाहिए कि आप रेगुलरली अपने गोल्स को अचीव कर सके तो प्रो को दूर कीजिए नंबर थ्री दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए हम ऐसा अक्सर करते हैं कि हमारे लाइफ की प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं अगर आज हम sad हैं तो उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है लेकिन जब हम किसी और को ब्लेम करते हैं हमारी सिचुएशन के लिए तो हम अपने प्रॉब्लम्स और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं हम ज्यादा बाहर की चीजों पर डिपेंड होने लगते हैं जिससे हमें सिर्फ निराशा ही मिलेगा क्योंकि वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है इसीलिए दूसरों को ब्लेम करना पहला कदम है फेलियर का ये हैबिट से बाहर आने के लिए हमें ये समझना चाहिए की हमारी लाइफ जैसी भी है हमारे चॉइस और डिसीजन के वजह से है हमारे पास इन चीजों का पूरा कंट्रोल है और इसीलिए अगर आप आज जिस सिचुएशन में हो वो आपको अगर पसंद नहीं तो आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बदलाव ला सकते हैं नंबर फोर क्विट रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स एंड फियर्स हम सबके जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम सबकी नजर में हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं बट हम कई बार उनको फेस करने की जगहते हैं।, है हैं और हमारा डर कहीं गुना बढ़ने लगता है इससे हम कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं और अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाते क्यूँकी हम डर के कारण सही डिसीजन नहीं ले पाते इसका सोल्यूशन ये है की हमें मन बना लेना चाहिए की प्रॉब्लम से भागने के बजाय हम उसे हेड ऑन फेस करेंगे और एक बार आप उसे इस करते हो तो वो आपको बहुत छोटी तो मतलब तो तो बनना छोड़ दीजिए जो आप नहीं है आज की दुनिया में हर चीज हमें वो बनाने की कोशिश कर रही है जो हम नहीं है इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है की हम वो बनना छोड़ दे जो हम एक्चुअली में नहीं है हम कोई भी चीज में कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो लेकिन दुनिया में कोई ना कोई जरूर रहता है तो हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग हमें पसंद करें हम जैसे है हमें वैसा ही रहना चाहिए और सही लोग जो हम है उसके लिए हमें पसंद करेंगे और उनसे भी ज्यादा हम अपने आप को पसंद करेंगे नंबर सिक्स बात करना बंद करे और काम करना शुरू तो जो फाइनल पॉइंट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया होता है और हम उसके बारे में सोचते रहेंगे और दूसरों को बताएंगे बट क्या सिर्फ आइडिया का होना इनफ है नहीं राइट right? इनफैक्ट कुछ साइंटिफिक स्टडीज ये भी बताते हैं कि अपने को दूसरों को बता के या ज्यादा उसके बारे में बात करके हमें एक फेकिंग ऑफ अचीवमेंट मिलता है जिससे हमारा brain एक तरह से सोचने लगता है कि काम हो गया है और हमें खुशी मिल जाती है तो उसके बाद हमें काम शुरू करने में और भी परेशानियां होने लगती है हमें सिर्फ इतना जानना चाहिए की देर इज मैजिक इन एक्शन अगर आप किसी भी चीज के लिए एक्शन लेने लगते हो तो वो आपके उस आइडिया को रियालिटी में कन्वर्ट कर पाएगा ना उसके बिना वो सिर्फ एक थॉट ही रह जाएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आइडिया पे बातें कम और काम ज्यादा करना शुरू करें तो ये है छह आदतें जो आपको इसी वक्त बदलनी चाहिए क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला आप में इनमें से कितनी आदतें हैं जिसे आप बदलना चाहोगे कमेंट्स कीजिए नीचे मेरे में पर्सनली तीन आदतें हैं जिसे मैं बदलना चाहता हूँ और इनपे आज से ही मैंने काम शुरू कर दिया है तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए जय हिंद